ने पूछा आज इतने राज्य कैसे हो रनमल ने कहा एक बात बताऊं किसी को बताएगी तो नहीं उसने कहा आपकी बात थोड़ी बताऊंगी किसी को रनमल ने कहा मैं कुंभा को मारूंगा किसको मारूंगा कुंभा आपके बहन का पोता है उसने कहा पता है आपको कुंभा की रक्षा के लिए बुलाया है। उसने कहा ये भी पता है। तभी तो मारना आसान है और मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा खूब कर ली नौकरियां अब मेवाड़ और मारवाड़ दोनों अपने होंगे और मैं जब मेवाड़ का राजा बनूंगा तो तू रानी है अपनी ऐस करेगी ऐस बंगले बना दू मैं तेरे को और बहारमली को लगा के मैं भले रणमल से कितनी भी टूट के मोहब्बत करती हूं पर देश देश होता है मेरे देश मेवाड़ के साथ कोई गद्दारी कैसे कर सकता है मेवाड़ के एकलिंग दीवान को कोई मारने की बात भी कैसे सोच सकता है अगले दिन हंसाबाई के पास गई और उसने हंसाबाई को जाग कहा कि वैसे तो मुझे पता है आप मेरी बात पर भरोसा करोगे या नहीं करोगे अपने भाई पे करोगे पर आपका भाई आदमी तो सही नहीं है। हंसा भाई ने कहा ये तो मैं जानती हूं बात क्या अभी ये बता कि आपका भाई आपके पोते को मारने वाला है हंसाबाई भी जानती थी कि ऐसा कर तो सकता है राज के लिए पहले लोग कर लिया करते थे पर अब बेचारे हंसा करे क्या यदि रणमल को बुला के कहे कि रणमल प्लीज मेरे पोते को मत मारना तो रणमल कल मारता आज मारे वो गांव में नहीं कहावत होते कि गांव में कोई पागल आदमी था और आते जाते लोगों को परेशान करता कभी किसी पे धूल फेंक देता कभी किसी पानी फेंक देता छोटे बच्चों को पीट देता एक दिन कोई बड़े बुजुर्ग थे और उन्होंने बुला करे हो पागल बाकी सब तो ठीक है तू कभी गांव के आग मत लगा देना उसने कहा यह तो याद ही नहीं था तो मारवाड़ी में कहते हैं का हमें है तो है, चुनाडा आया चुंडा मालवा चला गया था और अंसाबाई ने चुंडा के पास मैसेज करवाया कि चुंडा जी बेसी भी क्या नाराजगी घर में लड़ाई किसके नहीं होती मम्मी अपने कौन से बेटे को नहीं करती मैं आपकी मां हूं मैंने कुछ कह दिया तो इतनी नाराजगी की घर छोड़ के चले गए लोग तो इल्जाम लगाएंगे कि सोते ली माँ थी इसलिए बेटे को तंग करती थी और आपको घर वापस आ जाना चाहिए अपना आपका घर है ये उधर चुंडा खुद मालवा रह रहे परेशान हो रखा था चुंडा ने मैसेज किया आना कब है आप तो ये बताओ हंसा भाई का सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ आपने अगले दिन हाथों हाथ चुंडा ने ट्रेन पकड़ी इधर मेवाड़ आया और मेवाड़ आ चुंडा ने पूछा क्या बात हुई बताओ और बताई गई उसे पूरी बात आप चले गए थे आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुला लिया रणमल भी एक बार चला गया था फिर मोकल को चाचा मेरा और महपा कुमार ने मार दिया और वापस हमने रणमल को बुलाया इसने चाचा मेरा को मार दिया पर इसने राघव देव जी को भी मार दिया और अब ये किसको मारना चाहता है कुंभा को चुंडान का करना क्या है वो बताओ रणमल को मारेंगे अब किसको मारेंगे रणमल को मारे कौन मतलब डाकी भूत को देखे तो डर लगे मुझो में बंट दे तो यू काल्जी काम पे उसको देख दे कहा भाई रे जो कोई उसके सामने गया ना डब्बू दे दे के मार देगा वो ये आदमी नहीं मरे ऐसे एक बार वापस बारमली को बुलाया गया और बारमली कहा कि बारमली एक काम करना पड़ेगा तुझे क्या कि आज शाम को रणमल को दारू पिला पिला के बेहोश कर दे नशे में होगा तब तो मार ही लेंगे बारमलिन का देखो वैसे तो मैं बे इंतहा मोहब्बत करती हूं पर आप कह रहे हो तो दिल पर पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी तो क्या देख ले भाई क्या करना है बारमलिन का ठीक है मैं समझ गई खून के आंसू पिए बेचारी बार्मीन अरणमल शाम को वापस गए थे दो पेक लगा के आया आगे बारमली बारमली बारमली खाना तैयार कर उस दिन बोतल लेके तैयार बैठी बारमली ने ये क्या तरीका है कर दी फर्को नशा ही नहीं हुआ रनमल ने कहा उसने कहा मैं आपको कब कब कहती हूं आज तो यू जी भरके पी जानी चाहिए रणमल का लात तो जरिकन पूरा लात बड़े बड़े पेग मिला मिला के पिलाए आगे, पिला आगे कितना रंगड़ आदमी हो थोड़ी देर में गिरना ही था जी नशा नशा होता है रणमल चित्त आया चारपाई पे बहरमल ने हिला उलो देखा कि भाई थोड़ा बहुत भी जागने की स्थिति में नहीं हो कहीं कि नहीं है जागने की स्थिति में तो ये चुंडान, बाकी सिसोदी आस खड़े थे और उसने कह कहा जोला से एकदम वो रणमल नशे में सोया हुआ इतनी दारू पिया हुआ फिर भी इनको डर लगे कि खड़ा हो गया तो, तो पहले बेचारा चार पाई पे लेटा हुआ था तो चार पाई पे उसके हाथ बांधे और पैर बांधे हाथ बांध दिए और पैर बांध दिए बाद में एक आदमी चाकू लेके बैठा और छाती पे चाकू मारे कहते रणमल इतना शक्तिशाली था कि उसके जब चाकू लगे तो उसको होश आ गया दारू दारू उठ गई तो इतना लंबा था कि उसके पेड़ चार से नीचे लटकते थे वो पेड़ नीचे लगा के चार समेत उस बंदे को लेकर खड़ा हो गया था इतना जोर था रंगड़ में और जो आदमी चाकू मार रहा था उसको दीवार के बिड़ा के मार दिया था उसने यू दीवार के पास ले गया भीच के मार दिया था ऐसा करके पर इतने बेटे सिसो दिए जदा पड़े किसी के पास तलवार किसी के पास बालत दिए बाड़े को इधर उधर से तोरणमल को मार देते